दोस्तों आज हर कोई सफल बनना चाहता है नाम कमाना चाहता है पैसे कमाना चाहता है और मेहनत भी खूब करते हैं लेकिन अब आपको जरूरत है सही दिशा या सही पलान की जिससे आप एक आम इंसान से सफल इंसान तक का सफर तय कर सके आज हम उन्ही सात बातों की बात करेंगे जो आपको एक सफल बुद्धिमान इंसान बनाने का प्रयत्न करेंगे और अगर आपने इन सात बातों को वर्ष पर फॉलो किया तो आप साल के अंत में एक सफल इंसान के रूप में अपने आप को पाएंगे और आपकी पर्सनालिटी और अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक सुधार पाएंगे तो अब हम बात करते हैं उन सात आदतों की जो आपको फॉलो करनी है लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है तो फर्स्ट हैबिट है सुबह जल्दी उठना दोस्तों अगर आप सफल और प्रतिष्ठित इंसान बनना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठे और अपनी बेहतर दिनचरिया शुरू करें सुबह जल्दी उठने से आपका मन मस्तिक तरोताज़ा हो जाए और आप एक सुकून के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा और सबसे बेस्ट समय पा सकते हैं इस कारण आप सुबह जल्दी उठे और अपने दिनचर्या की शुरुआत करें ये सेकेंड हैबिट है एक्सरसाइज का सुबह तो जल्दी जगने के बाद दैनिक नीति क्रम करके आपको एक्सरसाइज करनी जिससे आपका तनबदन ऊर्जा से बढ़ जाता है और आप पूरे दिन बिना थकावट या बिना आलस के काम कर सकते हो एक रिसर्च में पता चला है कि भारत में 80% लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं लेकिन 20% लोग अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को महत्व देते हैं इसलिए जरूरी है कि आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करें फिर थर्ड हैबिट है अपने कल का शेड्यूल आज ही बनाए दोस्तों आपको अपने कल के शुरू होने से पहले ही कल क्या करना है कहाँ जाना है किसके साथ मीटिंग करनी है और अगर आप स्टूडेंट हो तो इस तरह का शेड्यूल ज़रूर बनाएं कि कल क्या पढ़ना है हिस्ट्री में कितने चैप्टर कंप्लीट करने, है कौन से चैप्टर के नोट्स बनाने और अगर आप सिंगर हो तो कल कौन सा ऑडियो रिकॉर्ड करना है किसके साथ कॉलेप करना है इस तरह के शेड्यूल अपने प्रोफेशन के हिसाब से शुरू बनाएँ और उन्हें फॉलो करें फॉर्थ हैबिट बुक्स पढ़ना दोस्तों अगर आपकी बुक्स पढ़ने की आदत जाने अनजाने में भी लग गई हो तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा एक सफल अमीर इंसान बनने से बुक्स पढ़ने से आपके दिमाग की सोचने व समझने की शक्ति कई गुना तक बढ़ जाती है इलोन मस्क ने हर सप्ताह एक दो बुक्स को पढ़ने की आदत को अपनी लाइफ में शामिल किया ताकि वो लोग दरअे की, की गलतियों को समझे और वह उन गलतियों को अपनी लाइफ में पेश न करें इसी तरह बिल गैट्स अपने दिन का अधिकतर समय बुक्स को पढ़ने में लगा देते हैं जिस तरह आप भी सफल व अपने सोचने व समझने की शक्ति को बढ़ना चाहते हो तो बुक्स पढ़ने की आदत अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर शामिल करें पाँचवी आदत अपनी आठ घंटे की नींद पूरी करना दोस्तों अगर आप पूरे दिन सुस्त और मस्त रहना चाहते हो और अपने काम या अपने गोल पर 100% परसेंट रहना चाहते हो तो आपको अपनी नींद पूरी करना जरूरी है जिससे आप दिन पर थकान और आलस से मुक्त रह सको और पूर्ण रूप से केंद्रित रह सको इलोन मस्क बिल गेट्स अपनी प्रतिदिन की आठ घंटे नींद को पूरी करके ही अपने काम पर लगते हैं जिससे वो पूरे दिन अपने काम पर केंद्रित रह हैं इसलिए आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से आराम देते हुए अपनी बेहतर और अनमोल जिंदगी जिए सटी आदत फालतू के खर्च को रोकना दोस्तों लोग अक्सर ज़्यादा पैसे हाथ में आने पर उत्तेजित होकर फालतू की चीज़ों या फिर कई दिखावे कर्ण खर्च कर देते हैं और फिर आर्थिक तंगी से जूझते हैं इस कारण आप इस बात का ध्यान रखें और फालतू के खर्ची पर पाबंदी लगाए रखें ताकि आर्थिक कमजोरियों की परिस्थितियों से जूझना पड़े अपने खर्च को कम करने के लिए आप हफ्ते या पकवाड़े का शेड्यूल जरूर तैयार करें और आर्थिक वस्तुओं को ही खरीदें और किसी भी वस्तु को खरीदने घायल आए जो आपकी जरूरत नहीं है तो आप उस वस्तु को सात दिन तक नहीं खरीदें फिर अगर आपकी उसको जरूरत महसूस हो तो यही खरीदें सातवीं आदत समय पर खाना खाना दोस्तों आपको समय पर खाना खाना बहुत ज़्यादा जरुण ज़रूरी है ताकि आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रह सकें इसलिए आप अपने खाने का समय फिक्स रखें और अपनी डाइट को बिल्कुल भी स्किप ना करें ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं इसलिए आप कभी भी अपने खाने को स्किप ना करें और समय पर खाना खाएँ अब हम सभी आदतों को एक बार रिवाइज कर देते हैं पहली आदतें सुबह जल्दी उठना दूसरी आदतें डेली एक्सरसाइज करना तीसरी आदतें अपने कल का शेड्यूल आज ही बनाना चौथी आदतें बुक्स पढ़ना पाँचवीं आदतें अपनी आठ घंटे की नींद को पूरी करना सठी आदतें फालतू खर्च ना करें सातवीं आदतें समय पर खाना खाएं और खाने को कभी स्किप ना करें दोस्तों ये चीज सात आदतें जो आपको फॉलो करनी है इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत